दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस के उपयोग सबसे पहले मिल सके युगो, युगो की, है, की कहानी है हरे कृष्ण की जुबानी है युग युगो की वाणी है हसीम सच की कहानी है हरे कृष्ण की जुबानी है क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारे मन के सेशन के बाद आए हैं पहला सवाल जो आया है वो है मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है बिल्कुल उसी तरह है जैसे कंप्यूटर को यूज़ हैं ना आज सभी लोग तो कंप्यूटर कंप्यूटर में जो जो दिखाई देती है है पार्ट हार्डवेयर और कुछ ऐसा है जो चला रहा है सारा सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर है मस्तिष्क और जो सॉफ्टवेयर है वो है मन जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ना जी इसी तरह देख रहा है। तो पता चल रहा है सबको बहुत माइन्यूट अंतर है लेकिन अंतर रहता है Next question, अच्छा जी। I think it's also a flow of energy. इसको संभाला जा सकता है बिल्कुल जैसे जलता हुआ दिखाई दे रहा है।, तो है लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी भी तो बह रही है ना तो वही मस्तिष्क है हाँ। तो मन को संभाला जा सकता है, वो है, मन क्या है? में। सवाल सो so, मन जो है हम ना एक हमारे अंदर जो फैकल्टी है जिसके द्वारा हमें सारी अपनी जो उर्मियों है तो उसमें महसूस कर सकते हैं वो तो प्रस्तुत कर सकता है वो मन है अब हम और आप बात कर रहे हैं लेकिन बीच में मन नहीं देगी अक्सर ऐसा ही होता है बच्चों के साथ है ना जब बच्चे मानो कोई बात बता रहा होता है तो उतनी देर में कोई भी आवाज बाहर से आए खुद आवाज का ध्यान चला जाता है यात्रा तो या में गौर देखना शुरू हो जाते हैं जो हो रहा है वो आंखें देख रहे हैं या कान सुन रहे हैं लेकिन हम असल में ना देख रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं और हमारी पांचों इंद्रियों को समझने वाला वाला मन मन है सो ऐसा ही है और कहा होता है आपने जैसे पूछा तो आंखें बंद करते हैं एक सेकेंड के लिए सब बच्चे आंखें बंद करेंगे हाँ अब ढूंढते हैं मन कहां है चलो धीरे से अपने नाक ना के बारे में देखो नाक कहा है अब अपना ध्यान पाओ में ले जाओ आपने जो वस्त्र पहने हैं उनमें ले जाओ आपने कोई बैज पहना होगा स्कूल में तो ले जाओ अच्छा अपने फ्रेंड्स अच्छा नानी हाउस आप देखो आंखें क्यों तो, तो हम तो हम जहां भी चाहे नहीं मन, है। मन में कितनी ताकत है कि तो मन को जहां भी देखें तो है और एक बार फिर आंखें बंद करते हैं राजाओ एक बार फिर आंखें बंद करते हैं और अब देखते हैं मन कहां है उसको ढूंढो अपने अंदर मन कहां है कहां बैठा कहा, है, कहा है, कहा छुपा हुआ है अरे देखो तो अरे मिल नहीं रहा नहीं मिला अभी तक अरे वाह आगे खोलो तो अब ऐसा लगा मन कहीं भी नहीं है तो देखो मन कैसा है जो कहीं भी हो सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है अब आजकल देखो ना कोविड टाइम्स में हम घर पे बैठ के क्लासेस लेते हैं और क्लासेस लेते हुए अपने वेकेशंस को भी याद करते हैं उस समय को भी याद करते हैं जो कहीं बाहर जाया करते थे, लेकिन हम आंख बंद करते हैं और हम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं है। रश्मि से तो आप इस याद करेंगे नहीं? नहीं। नहीं। नहीं। मुझे तो ये लगता है कि मन बिल्कुल एयर की तरह है वायु की तरह है हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें लगता है कि नहीं है लेकिन जिन्हें तेज चलती है अनुभव होता है पंखा चलता है अनुभव होता है तो इसी तरह मन जब अपनी स्थिति को बदलता है मन जरा हिलता है तो हमें पता चल जाता है और जैसा प्रश्न था कि क्या करता है तो ये ऐसा है मन जो चंचल भी बन जाता है जिद्दी भी बन जाता है और ताकतवर भी बन जाता है इसके लिए याद है ना लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सुंदर गीता का एक श्लोक सुना था छठे अध्याय का चौंतीस श्लोक याद है कुछ लोगों को तो मुझे लगता है तो सुनते हैं आज भी उसको चंचल हिम कृष्ण रमा की बलव दृढ़ तो बस क्लरिटी हुई ना कि मन आधन, वो साधन वो फैकल्टी है जो इंद्रियों से हम जो भी देखते सुनते करते हैं उसको उसका भान कराता है हमें पता चलता है कि वो है और मन कहा है तो कितना सुंदर वंदना जी ने बताया कि अभी तो देश विदेश में कहीं भी और अभी बिल्कुल यही तो कहीं भी होता है और कहीं नहीं भी होता और ये चंचल भी है वृद्धि भी है और दिल्वान भी है साइना आपने पिछली बार भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की थी मैं चाहूंगी थोड़ा आप बताओ एज आई सेनर्जी रास्ता सीधा है मोड सारे मन के हैं। मन को एकाग्र कीजिए मन को संभालिए इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि उसको उस, उसकी एनालिसिस, उसकी शक्ति उसका तर्क उसको लाइए और अपने मन को संभालिए मन की शक्ति को बढ़ाइए वो आपकी आत्मा को वो काम वो कार्य लगेगा आपकी आत्मा को बढ़ाएगा वो आपको आत्मा बल देगा हरे कृष्ण की जुबानी है युगो युगो की वाणी है असीम सच की कहानी है हरे कृष्ण की जुबानी है